गांव के बैगन देखिए अगर आप लोग नेम्बे बैगन तो देख लीजिए खा लेना एक बार हेलो गुड इवनिंग गाइस कैसे हैं अच्छे होंगे आप लोग प्रिया होंगे मस्त होंगे मेरे ब्लॉग को इन्जॉय करे होंगे आप लोग आजकल डेली ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ और मैं इवनिंग ब्लॉग अपलोड करूंगी आज का तो देखिएगा जरूर सपोर्ट कीजिएगा गाइस आज मम्मी नहीं जा रही है मम्मी थोड़ा थक गई है और छोटी सिस्टर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है खाँसते खाँसते उसका हुआ है बुरा हाल आप लोग को भी आवाज आ रही होगी फेस तो नहीं दिखाएगी वो उसने मुँह उधर को कर दिया है ये देखो और ये है मेरी मम्मी मम्मी की भी बहुत तबीयत खराब हो चुकी है बुखार आ रहा है और ये देखो बुखार आ रहा है मेरी छोटी सिस्टर को उसका मुँह उधरी को रहता है वो कैमरे को फेस नहीं करती है बचा करी कभी कभी हो जाता है वो तो देखो थोड़ा गले में खसखस हो गई है आप लोग बताना कोई आप लोग के पास ट्रीटमेंट होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा इसका गला चलो अभी चलते हैं हम लो ए, है, हम लोग किसान मॉर्निंग मतलब इवनिंग वॉक में कंटिन्यू बने रहिए आज काम क्या पता मेरा मैंने कोई परेशान नहीं किया बड़ी झूठ बोलती है भाभी भाभी के बालों का रात जानना है तो भाभी ऐसी संपर्क करो और अच्छा भाभी के बालों की सच्चाई अभी हम बताएंगे आपको अभी सस्पेन है तो देखते रहिए आप अभी हमारे ब्लॉग में काफी कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए इनके बालों का राज भी पता चलेगा और सब कुछ पता चलेगा मेरे तो बहुत इतने इतने से ही बाल है ज्यादा लंबे बाल नहीं है नहीं नहीं ये, ये नहीं है झूठ बोल रहे तो छोटे छोटे बाल है इनके बहुत लम्बे बाल है बहुत हाँ हाँ चलो भी जल्दी जल्दी निकलो घर को चल, चलते हैं घूमने भाभी अपने भाभी आज अपने कुमार की भी बात बताना अपनी लैंग्वेज में थोड़ा समझ में तो हमको तो आता नहीं है चलो कोई नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। है इन्हीं के साथ बोल देना <laughs> तो <हुँँगे। laughs> कोई तो होंगे समझ लेंगे तुम्हारी लैंग्वेज भी बहुत इधर उधर के नाम इनका नाम है मेरी ऑडियंस तुमसे संपर्क करना चाहती है तुम नाम की कहें तो होंगे कहीं पे तो होंगे कहाँ बचता है देख नहीं रहो ब्लॉग में बसते हैं और कहाँ बसते हैं अपने अपने घर में बसते हैं घूमना है <laughs> चलो घूम के आते हैं बोला अपने अनार के पेड़ से मिलाती हूँ ये है हमारा अनार का पेड़ एक लेकिन इसमें फल तो आया है फूल भी आया है लेकिन इसमें ना एक भी अनार नहीं लगा सूख के बिल्कुल ऐसा हो गया तो एक भी फल नहीं आया हम लोग भी खाते शायद फल नहीं खा पाए और गुनगुना फिर से रेडी हो गई है घूमने जाने के लिए गुनगुन -गुन। और हमारे वहाँ पानी की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है गर्मियों में भी बहती रहती है नहर और जाड़ो में भी बहती रहती है आप लोगों को चाहिए ऐसे पानी को ले जाइए देखिए बारो मास पानी आता रहता है और काम धाम है ही नहीं तो पीते ही बाधेगी गुनगुन गुनगुन की लैस खुल चुकी है गुनगुन ऊपर देख और गुनगुन अभी बिजी है काफी बिजी पर्सन है हमारी गुनगुन आंटी बेचारी भी, भी थक गई है <laughs> और भाभी तो और ज्यादा ही लेट लगती है मैं बात नहीं नहीं आती इनको इनको लेस बात नहीं नहीं आती है नहीं बात दे रही और ये। दे नहीं बात। मैं कैसे बात हूँ बताऊँ मैं थक जाती हूँ ना मैं नीचे नहीं सकती हूँ बच्ची से बच्ची से एक बच्ची है इतनी बड़ी घोड़ी है गाँव के बैगन देखिए अगर आप लोग ने नहीं खाए होंगे तो इतने लम्बे बैगन तो देख लीजिए खा लेना एक बार की सब्जी बनेगी जबरदस्त बनेगी जैसी मिर्ची होती है ना वैसी बने हैं और अनार का पेड़ भी है यहाँ पे फल नहीं है बड़ी इसमें बहुत सारी बेल लगी हुई है किस चीज की बेल है भाभी मली प्लांट है तो तरूर है तरूर। ये ले हाय हाँ दोस्तों चलो आ मैं आपका कहा है गुनगुन -गुन का स्कूल ये है गुनगुन का सबसे बड़ा स्कूल तो ये गांव में ही है गुनगुन -गुन को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पढ़ के गुनगुन पता -गुन क्या क्या अच्छा लगता है यहाँ पीछे पीछे अभी हम लोग वहीं जा रहे ग्राउंड ले जाएगी आपके गुनगुन -गुन आपको ले जा रही है ना गुनगुन ग्राउंड में हाँ गुनगुन ग्राउंड में ले जा रही है इतना बड़ा भी नहीं तेरा ग्राउंड में सकता है जहाँ ग्राँ पहले आया करती थी यहाँ पे प्रैक्टिस चलती थी बिमला की वो पुलिस की ट्रेनिंग में नहीं जा रही थी उसका तो सिलेक्शन हो गया बस पेपर बाकी है अभी तो उस टाइम पे हमारी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो हम लोग आना बंद कर दिया था बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे अच्छा लगता है एक बहुत मतलब हमारे वहाँ पार्क वगैरह तो कुछ है नहीं तो ग्राउंड में ही टहलने के लिए आ जाते हैं ये देखो कितना बड़ा ग्राउंड है गुनगुन -गुन का गुनगुन कहाँ से कहाँ तक दौड़ लगा सकती है गुनगुन -गुन का स्कूल है पीछे बिरा और पीछे से कितना अच्छा लगता है सनराइज जा रही है देखो अपने घर को चला गया है सूरज डूबते हुए भी तो और मज़ा आता है देखते नहीं कहते हैं सूरज को डूबते हुए मजा ही आ गया इन दोनों की गप्पे पूरी नहीं होती है बच्चे गए थे घूमने अब बड़ी सी बस में आ चुके हैं बच्चे और घर वाले भी आए हैं बच्चों को लेने के लिए कुछ बच्चे अपने अपने, अपने भी घर भी को यहीं से दौड़ लगा दी बस घूमने कितना मजा आ रहा है कितने दूर घूम के आ गए हैं कहाँ कहाँ घूमे है भाभी ये है हनुमान मंदिर जहाँ हम लोग आए हैं अब लास्ट करते है अभी यहाँ से ऊपर को परेशान करेंगे हम लोग मजा ही आ गया अभी मंदिर अभी दिखाती है हनुमान जी के साथ साथ दर्शन हमारे साथ देख लीजिए ये हमारे प्यारे हनुमान जी गाँव के मंदिर में है ये तो गांव का मंदिर है देखो कितना अच्छा लग रहा है सब लोग चले गए हैं भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए देख लिया आपने हनुमान जी का मंदिर और नजदीक से दिखाती है ये है हनुमान जी कितने बड़े मंदिर है देखिए हमारे हनुमान जी वहाँ लड़किया नहीं जाती है देख सकते है हनुमान जी की वहाँ पर कितने साक्ष साग दर्शन करवा रही हूँ बड़े अच्छे लग रहे हैं देखे और हम लोग चलते है घर को काफी अच्छा हो गया ठंडा ठंडा माहौल हो गया है बहुत अच्छा लगा लगाते हुए पूरा दिखा दिया यार अब कभी ना यहाँ पर का वो होगा तो अब दिखाऊंगी आप लोगों को भगवान जी के अच्छे से दर्शन कराऊंगी भागवत होता है यहाँ पे बहुत कुछ किया जाता है बट लेकिन हम लोग लड़की है ना तो लड़की लोग अंदर जाना अलाव नहीं है नहीं होता है यार यहाँ पे पंडित जी पूजा करते हैं बाबा गाँव में हरियाली हरियाली है भाई कितने प्यारे प्यारे फूल है यहाँ पे हर जगह जगह फूल मिल गए है कुने का